का हमारे इस YouTube चैनल में आज मैं बताने वाला हूं कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं खास करके SSC GD, RRB, NTPC, MTS के लिए प्रश्न क्या है प्रश्न है विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नोच्चक चिन्ह के स्थान पर आएगी क्या देखिए सात सत्रह सौ सैंतीस दिवस सतहत्तर प्रश्नोच्चक चिन्ह के स्थान पे पूछ रहे क्या होगा इसे किस प्रकार कर लिया जाएगा देखिए सात गुण दो सात गुण दो करेंगे कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा ना चौदह में प्लस थ्री करेंगे कितना हो जाएगा प्लस थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा सत्रह हो जाएगा सत्रह देखिए दोस्तों दिया हुआ है फिर क्या कर लीजिएगा सत्रह गुणे दो कर लीजिएगा सत्रह गुणे दो करेंगे कितना हो जाएगा चौंतीस हो जाएगा चौंतीस में प्लस थ्री करेंगे कितना हो जाएगा सैंतीस हो जाएगा सैंतीस भी दिया हुआ है दोस्तों ना फिर सैंतीस गुणे दो कर दिया जाएगा सैंतीस गुण करेंगे कितना हो जाएगा चौहत्तर हो जाएगा चौहत्तर में प्लस थ्री करेंगे कितना हो जाएगा सतहत्तर सतहत्तर हो जाएगा न दोस्तों सतहत्तर भी दिया जाए फिर क्या किया जाएगा सतहत्तर गुणे सतहत्तर गुण दो करेंगे कितना हो जाएगा एक सौ चौवन हो जाएगा एक सौ चौवन प्लस थ्री करेंगे कितना हो जाएगा प्लस थ्री करेंगे कितना हो जाएगा एक प्लस थ्री करने पे एक सौ सत्तावन हो जाएगा एक सौ सन्तावन किस ऑप्शन में तो, देता ऑप्शन नंबर ए मिलता ऑप्शन नंबर ए से होगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप प्रश्न समझ कर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तब आसानी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नियमित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है उसी प्रकार भी प्रश्न है क्या हो जाएगा देखिए क्या पाँच दिए बारह दिए छब्बीस दिए चौवन दिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है क्या होगा फिर दो सौ बाईस दिए चार इसे क्या कर लेगा पाँच गोणे दो पाँच गोड़े दो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा दस में प्लस दो करेंगे कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा बारह दिया हुआ है फिर क्या कर लीजिएगा बारह गुणे दो बारह गुणे दो करेंगे कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा चौबीस में प्लस दो करेंगे कितना हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा छब्बीस दिया हुआ है दोस्तों देखिए फिर क्या करिएगा छब्बीस गुणे दो कर लेंगे छब्बीस गुणे दो करेंगे कितना हो जाएगा बावन हो जाएगा बावन में प्लस दो करेंगे तो कितना हो जाएगा चौवन हो जाएगा चौवन भी दिया है दोस्तों तो क्या यहाँ पे पूछ रहे क्या आएगा चौवन के पास पूछ क्या आएगा तो चौवन गुणे कर लीजिएगा चौवन गुणे करेंगे कितना हो जाएगा एक सौ आठ हो जाएगा एक सौ आठ में प्लस दो करेंगे कितना हो जाएगा एक सौ दस हो जाएगा एक सौ दस होगा प्रश्न तीन के स्थान पे क्या होगा एक सौ दस होगा फिर एक सौ दस गुण दो करेंगे कितना हो जाएगा एक सौ दस गुण दो करेंगे तो दो सौ बीस हो जाएगा दो सौ बीस में प्लस दो करेंगे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा दो हो जाएगा दो सौ दोस्तों दो ना फिर दो का भी करेंगे तो चार आ जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ जाएंगे प्रश्न तीन के स्थान पर क्या आएगा प्रश्नोत्सक के स्थान में क्या आएगा एक सौ दस आएगा उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप प्रश्न को समझ आएंगे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका आंसर कर सकते हैं जय हिंद दोस्तों